बिस्मिल्लाम अलकम वरमक प्यार नजरिन आज हम सुनेंगे सूरतिया की आयत नंबर पाँच का तर्जुमा और तफ़ी कुरान तो आइए शुरू करते हैं हम हम तेरी तेरी ही ही इबादत इबादत करते करते हैं हैं हैं हैं और और से से मदद मदद चाहते चाहते जिनान में इसकी तफसर कुछ इस तरह है इससे पहली आयात में बयान हुआ कि हर तरह की हमदो सनार का हकी मुस्त अल्लाह त्योकि सब जहानों का पालने वाला बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है और इस आयत से बंदों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूं करो कि अल्लाह इबादत करते हैं इबादत है। की जा सके और हकी मदद करने वाला भी तू ही है तेरी इजाजत मर्जी के बगैर कोई किसी की किसी किस्म की जिसमानी रूहानी छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता इबादत और ताज़ीम में फर्क इबादत का मफहूम बहुत वाजह है समझने के लिए इतना ही काफी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की तज़ीम करना इबादत कहलाता है और अगर इबादत के लायक ना समझे तो वो महज तजीम होगी इबादत नहीं कहलाएगी जैसे नमाज में हाथ बांधकर खड़ा होना इबादत है लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांध खड़ा होना उस पीर या माँ के लिए हो तो है, इबादत नहीं और दोनों में फर्क वही है जो अभी बयान किया गया है। आयत, से होने वाली है। आयत में जमा के सीधे हैं जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फायदा यह है कि गुनागारों की इबादतें अल्लाह तारगाह के महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है नीज ये भी मालूम हुआ कि की अल्लाह तला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज करने ऐसी पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी र्ला फरमाते है इबादत को मदद तलब करने ऐसी पहले जिक्र किया गया क्यूँकी हाजत तलब करने ऐसी पहले अल्लाह तारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज्यादा करीब है Allah की बारगाह में वसीला पेश करने की बरकत हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह बारगाह में किसी का वसीला पेश करके अपनी हाजात के लिए दुआ किया करे ताकि उस वसीले के सदके दुआ जल्द मकबूल हो जाए और अल्लाह तला की बारगाह में वसीला पेश करना कुरान और हदीस से साबित है चुनाचे वसीले के बारे में अल्लाह तरशाद फरमाता है या ترجمہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو میں ہے ढूंढो और सुनने इबन माजा में है की एक नाबीना साहबी बारगा रत सल्लाह तलाम में हाजिर होकर दुआ के तालिब हुए तो आप सल्लाह तलाम نے उन्हें اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا जल में तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ़ नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के साथ मुतवजह होता ए मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु वसल्लम मैंने आप सल्लाह वसल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ अपनी इस हाजत में की ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए एज्ज वेरे लिए हजूर सल्लाई वसलम की शफात कबूल फरमा हदीसी पाक में मशकूर लफ्ज या मोहम्मद से मुतक जरूरी वजाहत अला हजरत इमाम अहमद रजा खानरमान फरमाते हैं तसरी फरमाते हैं नाम कर करनी हराम है। और ये बात वाकई महल इंसाफ है जिसे उसका मालिक व मौला तबारक नाम लेकर ना पुकारे तो गुलाम की क्या मजाल के वो राहे अदब ऐसी तजावुज करे बल्कि इमाम जैन मरागी वगैरह महकिन ने फरमाया अगर ये लफ्ज़ किसी दुआ में वारद हो जो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ने तालीम फरमाई हो जैसे या इन्नी इला रब्बी, दुआम इसकी जगह या रसूल कहना चाहिए हालांकि अल्फाज दुआ में हदसा तगीर नहीं की जाती ये मसलाये मुहिम्मा, यानी अहम तरीन मसला जिससे अक्सर अहल जमाना गाफिर है वाजिबलि वीन और तुझी से मदद चाहते हैं तफसीर सिरात जुनान में इसकी तफसीर कुछ इस तरह है इस आयत में बयान किया गया कि मदद तलब करना खा वास्ते के साथ हो या वास्ते के बग़ैर हो हर तरह से अल्लाह ताला के साथ खास है और अल्लाह ताला की जात ही ऐसी है जिससे हकीकी तौर पर मदद तलब की जाए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतर फरमाते हैं हकी मदद तलब करने से मुराद ये है की जिससे मदद तलब की जाए उसे बिजात कादिर मुस्तकिल मालिक और गनी बे नियाज जाना जाए कि वो अल्लाह ताला की के बगैर खुद अपनी जात से उस काम यानी मदद करने की कुदरत रखता है अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना हर मुसलमान के नज़दीक शिरक है और कोई मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ऐसा अकीदा नहीं रखता और अल्लाह ताला के मकबूल बंदों के बारे में मुसलमान ये अकीदा रखता है वो ताला की वो अल्लाह त बारगाह तक पहुँचने के लिए वासिता और हाजत पूरी होने का वसीला और जरिया है तो जिस तरह हकी वजूद के किसी के पैदा किए बगैर खुद अपनी जात से मौजूद होना अल्लाह ताला के साथ खास है इसके बावजूद किसी को मौजूद कहना उस वक्त तक शिरक नहीं जब तक वही हकी वजूद मुराद न लिया जाए हकीकी इल्म के किसी की अता के बगैर खुद अपनी जात से हो और हकीकी तालीम के किसी चीज की मोहताजी के बगैर अज खुद किसी को सिखाना अल्लाह ताला के साथ खास है इसके बावजूद दूसरे को आलिम कहना या उससे इल्म तलब करना उस वक्त तक शिरक नहीं हो सकता जब तक वही असली माना मकसूद ना हो तो इसी तरह किसी से मदद तलब करने का मामला है कि उसका हकीकी माना अल्लाह ताला के साथ खास है और वसीला और वासिता के माना में अल्लाह ताला के अलावा के लिए साबित है और हक है बल्कि ये माना तो गैर खुदा ही के लिए खास है क्योंकि अल्लाह ताला वसीला और वासिता बनने से पाक है इससे ऊपर कौन है कि ये उसकी तरफ वसीला होगा और इसके सिवा हकीकी हाजत रवा कौन है कि ये बीच में वासिता बनेगा बद की तरफ से होने वाला एक एतराज जिक्र करके उसके जवाब में फरमाते हैं ये नहीं हो सकता कि खुदा से तवस्सुल करके उसे किसी के यहाँ वसीला और जरिया बनाया जाए उस वसीला बनने को हम औलिया के राम ऐसी मांगते हैं कि वो दरबार इलाही में हमारा वसीला, जरिया और कजाय हाजात का वासिता हो जाएं। उस बेवकूफ़ी के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने इस तयत करीमा में दिया है और जब वो अपनी जानों पर जुल्मी गुना करके तेरे पास हाजिर हो और अल्लाह से माफी चाहे और माफी मांगे उनके लिए रसूल तो बेषक अल्लाह को तोबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे क्या अल्लाह ताला अपने आप नहीं बख सकता था फिर क्यों ये फरमाया कि ए नबी तेरे पास हाजिर हो और तू अल्लाह से उनकी बख्शिश चाहे तो ये दौलत तो नहमत पाए यही हमारा मतलब है जो कुरान की आयत साफ फरमा रही है کریمہ کے بارے जेर तफसर आयत करीमा के बारे में मजीद तफस जानने के लिए फताविया की इक्कीसवीं जिल्द में मौजूद आला हजरत इमाम अहमद रजा खांतुलरमान का रिसाला बरकतल इमदाद्तमदाद यानी मदद तलब करने वालों के लिए इमदाद की बरकतें इसका मुता अल्ला अल्ला है अल्लाह तला की بندوں کا مدد کرنا، اللہ करना ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ की اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ और उस इख्तियार की बिना पर उन बंदों का मदद करना अल्लाह ताला ही का मदद करना होता है जैसे बदर में गजब्तों ने आकर साहबा करामी अल्लाह की मदद की लेकिन अल्लाह ने इर्शाद फरमाया तर्जमा और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे यहाँ फरिश्तों की मदद को अल्लाह तला की मदद कहा गया इसकी वजह यही है कि फरिश्तों को मदद करने का इख्तियार अल्लाह ताला के देने से है। तो हकीकतन ये अल्लाह ताला ही की मदद हुई यही मामला अम्बिया कराम अलीम सलातूलम और ताला का है कि वो अल्लाहल की अता से मदद करते हैं और हकीका वदत अल्लाह की होती है जैसे हजरत सलमान अला नबीना वाले सलात ने अपने वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया और, और ताजदारिसलम की सीरत मुबारक में मदद करने की तो इतनी मिसाले मौजूद है की अगर सब जमा की जाए तो एक मुरतब हो सकती है इनमें से चंद मिसाले हैं नंबर एक सही बुखारी में है नबी करीमरा ने थोड़े से खाने से पूरे लश्कर को सैर किया नंबर दो बुखारी शरीफ ही में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के एक प्याले से सत्तर सहाबा को सैराब कर दिया नंबर तीन ये भी बुखारी शरीफ में है उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करके चौदह या उससे भी जायद अफरा को सैराब कर दिया नंबर चार लुआब दहन से बहुत से लोगों को शिफाता फरमाए और ये तमाम मददें चूँकि अल्लाह ताला की अता करदा ताकत से थी लिहाजा सब अल्लाह ताला की ही मददें हैं। इस बारे में मजीद तफस के लिए फतावा की ज़िल्द में मौजूद आला हज़रत फताेल मुस्तफ़ा यानी नाते मुस्तफ़ा सल्ला बयान करने वालों के लिए इनाम का आज के लिए बस इतना ही अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी सुना उसे याद रखने उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की शदत नसीब करें हमें विजा नबीम अलैहि वसल्लम